मैहर में पूर्व सांसद स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा की पुण्यतिथि पर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया इसके साथ ही वृद्धाश्रम में वस्त्रों का भी वितरण किया गया सतना के पूर्व सांसद स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा की सातवीं पुण्यतिथि पर सुखलाल कुशवाहा मित्र मंडल द्वारा मैहर के देवी जी स्थित वृद्धा आश्रम में वृद्ध को वस्त्र वितरण किया गया साथ ही मैहर सिविल अस्पताल में कुशवाहा समर्थकों ने रक्तदान किया स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा को याद करते हुए कहा की सुखलाल जी का सामाजिक और राजनीतिक जीवन संघर्ष में रहा है और उन्होंने अपने जीवन में कभी हार मानना नहीं सीखा था उनके द्वारा कई सामाजिक हित में कार्य किए गए जिसके चलते आज की युवा पीढ़ी द्वारा उनके आदर्शों का अनुसरण कर रही है यह श्रद्धे सुखलाल कुशवाहा जी की पुण्यतिथि है आज ये सातवीं पुण्यतिथि है उस अवसर पर ब्लड डोनेट का कार्यक्रम कार रखा गया है ये सब पंकज लोग युवा साथी मिलकर हर वर्ष ब्लड डोनेट कराते हैं और इस ब्लड का सही इस्तेमाल भी करते हैं किसी के पास देने लायक व्यक्ति नहीं है वाकई उसे लगता है कि नहीं इस गरीब है ये तो उसे निशुल्क ब्लड देते हैं और ये अच्छा काम है देना चाहिए हर वर्ष बच्चे दे रहे हम सब लोग उसमें सहयोग करते हैं आगे भी करते रहेंगे और रक्तदान महादान है करना चाहिए बढ़ चढ़ के करना चाहिए माननीय पूर्व सांसद सुखलाल कुशवाहा जी की पुण्यतिथि में सातवीं पुण्यतिथि है उसके उपलक्ष्य में हम लोग मैयर के सभी सुखलाल कुशवाहा मित्रमंडल जितने हैं हम लोग रक्तदान करते हैं ताकि जो असहाय गरीब तबके के लोग हैं क्या है कि जैसे कुछ लोगों को ब्लड की ब्लड नहीं मिल पाता हम लोग ये रक्तदान करके जरूरतमंदों को ब्लड की पूर्ति करते हैं हम लोग इसको हर साल करते हैं सोलह अगस्त को लगातार हम लोग नेताजी के स्वर्गीय सुखलाल जी के, के पुण्यतिथि के अवसर पर लगभग छः सात साल से लगातार पूरी टीम सुखलाल कुशवाहा मित्रमंडल और जिला कुशवाहा संघ के सारे पदाधिकारी मैहर ब्लॉक के सारे पदाधिकारी मिल करके इस तरह से हम लोग रक्तदान करते हैं और इस कार्यक्रम से हम समाज में एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं क्योंकि नेताजी भी ऐसे हमेशा गरीबों के लिए असहायों के लिए हमेशा काम करते थे उनकी याद में हम लोग उस कड़ी को लगातार चलाने के लिए जोड़े रखने के लिए उनके मार्गदर्शन पर और उनके आशीर्वाद से हम सब लोग पूरी टीम के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा संख्या रहे मैं रक्तदान करने वालों की